नमस्कार दर्शकों इस संसार में अपने सपनों का घर खरीदना हर किसी व्यक्ति की ख्वाहिश होती है आपका ये ख्वाब कब पूरा होगा ये ज्योतिष शास्त्र की मदद से बहुत आसानी से जान सकते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली में घर के जमीन के या प्रॉपर्टी क्रय करने जैसे विशेष मामलों का पता चलता है ग्रहों व नक्षत्रों का योग हमें इस बात का संकेत कराते हैं विशेषकर ज्योतिषीय दशा पद्धति एवं ग्रहों की अनुकूल चाल से इन चीज़ों को ज्ञात किया जा सकता है बृहद पराशर होरा हो शास्त्र के अनुसार दर्शकों जो घर होते हैं बंगला होते हैं जमीन होते हैं फ्लैट होते हैं या चल अचल संपत्ति होती है ये जातक की कुंडली में फोर्थ हाउस से ज्ञात की जाती है जो चतुर्थ भाव होता है इसको सुख का भाव बोलते हैं इसको भूमि भवन वाहन का जो है भाव बोलते हैं तो इसकी बड़ी भूमिका रहती है फोर्थ हाउस की यह भाव इन चीजों को खरीदने के शुभ समय की सही व्याख्या कराता है जनपद्री में चौथा भाव मानसिक शांति का खुशी का माता का घरेलू जीवन का रिश्तेदार का घर का आत्म समृद्धि का और आत्म संतुष्टि का उसके बाद खुशियों का आनंद का वाहन का जमीन का पैतृक संपत्ति और शिक्षा आदि को भी प्रदर्शित करता है इसको लेकर के दर्शकों जो है घर पर जो है मतलब आपका घर का आपको मिलेगा तो मुख्यतः इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं आप लोग देखिएगा अपनी जन्म पत्रिका में यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव के स्वामी के साथ हो और त्रिकोण अथवा केंद्र भाव में स्थित हो तो यह स्थिति जातक के लिए एक से अधिक घर अथवा प्रॉपर्टी अथवा बंगला खरीदने का संकेत कराती है डुप्लेक्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुद्ध ग्रह तृतीय भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो तो उस जातक के लिए यह स्थिति जो रहती है आकर्षक घर खरीदने की होती है फिर आप फ्लैट इत्यादि भी देखिए ले सकते हैं यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी ही राशि अथवा नौमांस में हो और उसकी राशि उच्च स्थिति में है तो यह अवस्था जातक को एक आरामदायक घर या प्रॉपर्टी दिलाती है यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में ग्रह उच्च अवस्था में है तो जातक एक से अधिक घरों का प्रॉपर्टी इतनी होगी आप लोग उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे जमीन जायदादों का मालिक बनता है यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि या स्वयं की राशि में स्थिति है अथवा बलित है तो यह अवस्था किसी जातक को घर वाहन जमीन आदि दिलाती ही दिलाती है नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी मित्र राशि में स्थित हो या फिर चतुर्थ भाव में ग्रह का उच्च होना सुंदर आकर्षक फ्लैट इत्यादि दिलाता है यदि किसी की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल शनि शुक्र के साथ शुभ योग में हो तो यह स्थिति जातक को एक से अधिक सुंदर घरों को खरीदने का संकेत कराती है ख दर्शकों बृहस्पति मंगल शनि और शुक्र ग्रह की महादशा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ मानी जाती है घर जमीन अथवा अन्य संपत्ति खरीदने में ग्रहों की जो भूमिका होती है इस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिए मंगल जो होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जमीन का नैसर्गिक ग्रह कारक होता है यदि आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थित में नहीं है तो आप जमीन खरीद ही नहीं सकते हैं तो जब आपके पास बेस ही नहीं रहेगा जमीन ही नहीं रहेगी तो बंगला बिल्डिंग किस पर बनाएंगे दूसरा शनि की बात करते हैं तो ज्योतिष जो है शास्त्र में शनि को प्रॉपर्टी के लिए दूसरा कारक ग्रह और जमीन के लिए दूसरा कारक ग्रह बताया गया है तो शनि का भी स्ट्रॉन्ग होना आपकी कुंडली में बहुत आवश्यक है तीसरे ग्रह पर आते हैं ये होते हैं शुक्र तो शुक्र देव जो होते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह वैभव के समृद्धि के सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं यदि शुक्र देव की कृपा हो गई तो जातक को सुंदर और आकर्षक घर मिलेगा वहीं शनि और मंगल आपको घर तो दिला सकते हैं परंतु उनकी सास सज्जा इंटीरियर डेकोरेशन कार्य की आवश्यकता जो होती है वो शुक्र ग्रह ही दिलाता है तो दर्शकों शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है आपकी कुंडली में कैसे करें शुक्र को स्ट्रांग ये तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा फिर भी दर्शकों यदि अभी तक आपका मकान का सुख पूर्ण नहीं हो पाया तो एक बार कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही आपका घर खरीदने का सपना पूर्ण हो दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार